मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खाद वितरण की नई घर पहुंच सेवा से किसान काफी खुश हैं प्रदेश सरकार की यह सेवा फलीभूत होती दिखाई दे रही है इस खाद वितरण की घर पहुंच सेवा को लेकर किसानों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल का धन्यवाद किया है इस दौरान किसान काफी खुश नजर आए प्रदेश में खाद की किल्लत की खबरों के बीच प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए खाद उनके घर पहुँच सेवा की शुरुआत की है और इस नवाचार का असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है इस सेवा के चलते किसानों के चेहरे खिल गए हैं कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज को घर पहुंच सेवा का अभिनव प्रयोग करने का सुझाव दिया था जिसे मुख्यमंत्री चौहान ने स्वीकार करते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया इसी कड़ी में हरदा खंडवा, होशंगाबाद और कई जिलों के किसान कृषि मंत्री पटेल से जुड़े और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल का धन्यवाद किया और खुशी जाहिर करते हुए कहा की इस घर पहुँच सेवा से हम सब किसानों को बड़ी राहत मिली है पहले जो खाद वितरण की व्यवस्था थी उसमें हमें खाद तो मिल रही थी लेकिन लंबी लंबी लाइनें, डीजल का खर्च और कई सारी समस्याओं का हम सबको सामना करना पड़ रहा था किसानों ने बताया कि इस सेवा से अब हमें हमारे गांव में ही खाद उपलब्ध हो रही है कृषि मंत्री माननीय कमल जी पटेल के निर्देश अनुसार हम लोग तो घर तक पहुँचे हैं यूरिया खाद उनके घर पहुँचा रहे हैं माननीय कृषि मंत्री के निर्देश अनुसार हम जैसे में बात चुके हैं और ये किसान लोग आपसे धन्यवाद देकर आपसे बात करना चाहते हैं धन्यवाद करना चाहते तो हैं। भाई साहब धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री महोदय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारे आदिवासी अंचल में डीएपी पहले बांट चुके हैं हमारे कार्यकर्ता और अभी यूरिया लेकर के आए हैं और ये घर पर सेवा है